गुरुदेव शरनम गुरुदेव नमामि नमस्कार आपका हमारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है अब हम बात करेंगे जातक पर ऋण के भार की जब तक ऋण न चुकाया जाए जातक उसके भार से सदा दबा रहता है मनुष्यों का तो यहाँ तक कहना है कि ऋण का प्रभाव जन्म जन्मांतरो तक सहाय की तरह पीछा करता है यूँ तो परम्परागत ज्योतिषी में इन तथ्यों का अपना एक विशिष्ट स्थान है लेकिन लाल किताब में इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है यदि कोई पिता ऋण लेकर स्वर्ग सिदार जाए तो उसका वह ऋण उसके पुत्र को अवश्य ही किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा अन्यथा वह सदा ऋण ही रहेगा ऋण कई प्रकार का होता है जैसे कि पितृण अपना ऋण मातृ ऋण स्त्री ऋण रिश्तेदारों का ऋण पुत्र या बहन का ऋण जालिमाना ऋण अजन्मा ऋण और कुदरती ऋण अब हम बात करेंगे पितृन की अपने पुर्वजों के किए पापों का फल जब उसकी वंशावली में से किसी एक जातक को भोगना पड़े तो वह पितृण कहलाता है यदि नौवें घर का स्वामी ग्रह बृहस्पति किसी दूसरे घर में से तो उस पर उसका शत्रु ग्रह दृष्टि से बुरा प्रभाव डाल रहा हो तब बृहस्पति पितृन का ग्रह कहलाएगा इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह को आँका जा सकता है यदि पाँचवा बारवां दूसरा नौवां स्थान में कोई भी ग्रह हो तो जातक पितृऋन से प्रभावित होगा यदि नौवें घर में बृहस्पति के साथ शुक्र स्थित हो तो चौथे घर में शनि और केतु हो तो चंद्र दसवें घर में हो तो जातक पितृण से ग्रस्त होता है इसके अतिरिक्त स्थिति निम्न स्थितियों में भी जातक पितृण से पीड़ित होगा यदि लगन में आठवें घर में बुद्ध और नौवें घर में बृहस्पति हो अगर दूसरे में दूसरे या सातवें घर में बुद्ध और नौवें में शुक्र हो तो वह भी पितृऋन से ग्रसित होगा तीसरे घर में बुध हो नौवें में राहु हो तब भी वह पितृऋन से ग्रसित होगा चौथे घर में बुध और नौवें में चंद्र हो तब भी वह पितृऋन से ग्रसित होगा पाँचवें घर में बुध और नौवें में सूर्य हो तब भी उस पर पितृऋन होगा छठे घर में बुध और नौवें में केतु हो तब भी पितृऋन से ग्रसित होगा दसवें और या ग्यारहवें घर में बुद्ध और नौवें में शनि हो तब भी वह पितृऋन से ग्रसित होगा बारहवें घर में बुद्ध और नौवें में बृहस्पति हो तब भी यही स्थिति रहेगी दूसरे पांचवें नौवें तथा बारहवें घर में बृहस्पति हो शुक्र बुद्ध राहु भी हो तो भी यही स्थिति रहेगी कारण इसका खानदान का पुरोहित बदला गया हो या उसका तिरस्कार किया गया हो पहचान है इसकी पड़ोस के किसी धर्म स्थान या पीपल आदि वृक्ष पर बाध हो चुके होंगे और पल मिलेगा समय से पहले ही पुरुष या स्त्री के बाल सफेद हो जाएंगे बरकत खत्म हो जाएगी मानहानि बनते कारों में रुकावट सुख की जगह दुख का तथा तो निराशा परिलक्षित होगी अब इसके उपाय के बारे में, में जानेंगे अगर कुल खानदान के एक एक व्यक्ति से पैसा वसूल करके धर्म स्थान में दे और ऐसे अनिष्ट पल का शमन हो जाएगा अब हम बात करेंगे अपने ऋण की यदि सूर्य पाँचवें घर में हो तो जातक अपने ऋण से ही पीड़ित होता है इसका कारण यह होता है जातक का नास्तिक होना खानदानी रस्मों रिवाजों को नया मानना उसके घर के भूगर्भ में अग्निकुंड बना हो या उस घर में सूर्य की रोशनी छत में से आ रही हो पहचान जातक स्वयं की पहचान पर अतुल धन संपत्ति अर्जित करता है मान सम्मान के कारण प्रसिद्धि ख्याति मिलती है औरत दौलत एवं शोहरत चुटकियों में प्राप्त हो जाती है लेकिन इसका अनिष्ट पल यह होता है कि अकस्मात ही विनाश लीला शुरू हो जाती है दौलत शोहरत औरत चुटकियों में खाक हो जाती है पशुओं का खोना शुरू हो जाता है या मरना शुरू हो जाता है जातक का शरीर निर्बल हो जाता है मुंह में हमेशा गीलापन सा महसूस होता है यह घटना तब शुरू होती है जब जातक के पुत्र की उम्र बारह साल के अंदर हो उपाये प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें सभी रिश्तेदारों से धन इकट्ठा करके यज्ञ आदि करवाएं और किसी कार्य को शुरू करने से पहले मुंह मीठा करें और कुछ घुट पानी पिए फिर कार्य को अंजाम दे अवश्य ही लाभ मिलेगा अब हम बात करेंगे मातृऋन की लाल किताब ने चौथे घर के केतु को चंद्र पीड़ित अर्थात मातृऋन दोष माना है कारण है संतान होने के कारण पश्चात जातक द्वारा माता को कष्ट पहुंचाना दुख देना खुद मानसिक रूप से परेशान रहने पर माता को सताना अब घर से कुछ दूरी पर स्थित नदी कुआँ पूजने की बजाय कुआं दरिया में गंदगी डालना मात्र रिंदोष का ही पहचान है और इसके अनिष्ट पर हमें मिलेंगे अचानक संपत्ति का नष्ट हो जाना घर में पशुओं की मृत्यु शिक्षा प्राप्ति में बाधा घर में अचानक मृत्यु या मृत्यु तुल्य दशा और आत्महत्या करने की स्थिति पैदा होना अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में सहायता करने की कोशिश करता है तो वह भी संकटों से घिर जाता है अब इसके उपाय का बताएंगे हम अपने वंश के प्रत्येक व्यक्ति से संभाग चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करें माता को सम्मान तथा उपहार दें कष्टों से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी अब हम बात करेंगे स्त्री ऋण की यदि जातक के जन्मांक में दूसरे या सातवें घर में सूर्य चंद्र तथा राहु स्थित हो तो शुक्र से पीड़ित होता है इस प्रकार उसे स्त्री ऋण का दोष लगता है इसका कारण यह होता है अज्ञात लालच के कारण प्रसूति के वक्त स्त्री की हत्या कर देना पहचान होती है जातक द्वारा घर में गाय तो भैंस को घृणा की दृष्टि से पालना इस दोष को दर्शाता है अनिष्ट फल इसका हमें मिलेगा परिवार में पुरुषों की बीमारी संचित पूंजी स्वाहा हो जाती है पेटों और पोतों की मृत्यु होती है अचानक घर में ढाका पड़ता है सभी प्रकार से धन हानि होनी शुरू हो जाती है लेकिन इसके उपाय यदि सो स्वस्थ गायों को सब परिवार मिलकर चारा और उत्तम भोजन खिलाएँ तो स्त्री दिन से मुक्ति मिल जाती है अब हम जानेंगे रिश्तेदारी का ऋण यदि जातक के जन्म चक्र में पहले अथवा आठवें घर में, में बुध एवं केतु हो तो रिश्तेदारी ऋण का दोष लगता है इसका कारण यह होता है रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति को जहर दे देना किसी को त्यार फसल में आग लगवा देना किसी का मकान फूक देना और जातक रिश्तेदारों एवं संबंधियों से बेहतर वार्तालाप नहीं करता यह इसकी पहचान है बालकों के जन्मदिन या अन्य शुभ अवसर पर भाग नहीं लेता उनसे घृणा करता है जहाँ तक कि घर में बालक के जन्मते ही शुभ लक्षण होने लगते हैं बालक व्यसक होने के पहले ही अद्भुत कार्य करने लगता है वह जिस कार्य में हाथ डालता है अपने आप ही पूरा हो जाता है फलस्वरूप दूर दूर से लोग मिलने आने लगते हैं तात्पर्य यह है कि हर जगह उसकी पहचान हो जाती है जो शत्रुता करने आता है वह सतत ही मिट जाता है और इसका अनिष्टफल पलिया है अचानक सब कुछ स्वाहा हो जाता है परेशानियों परेशानियाँ शुरू हो जाते सामर्थ्य होने पर भी संतान नहीं होती अगर होती भी है तो मर जाती है या पंग होती है जा का शरीर निर्बल हो जाता है एक आँख भी जाती रहती है और वह चिड़चिड़ा हो जाता है फलस्वरूप क्रोध का आना स्वाभाविक हो जाता है ये सारी घटनाएँ रिश्तेदारी ऋण दोष के कारण ही होती है इसका उपाय है रिश्तेदारी के ऋण से मुक्ति के लिए जातक अपने परिवार के एक एक सदस्य से पैसा इकट्ठा करके मुफ्त धर्मार्थ औय औषधालय में दवाइयां खरीद दे और उसका दान करें तांबे का नदी में प्रवाहित करें पुत्री या बहन का ऋण यदि जातक के जन्माक में तीसरे या छठे घर में चंद्र हो तो वह बुद्ध द्वारा पीड़ित रहता है ऐसे में लड़की बहन के ऋण का दोष लगता है कारण इसका होता है किसी की लड़की या बहन की हत्या अथवा उस पर हद से ज्यादा जुल्म करना दूसरों के कम उम्र मासूम बच्चों को बेच देना या उनकी हत्या कर देना पहचान है जातक के घर में लड़की बहन के विवाह जन्म के समय अशुभ घटनाएं घटती हैं और इसके अनिष्ट पल यह हैं कि जातक आसमान से ज़मीन पर पहुंच जाता है राइस ज़्यादा होते हुए भी एक समय बिल्कुल भिखारी हो जाता है शरीर दुर्बल हो जाता है सभी दाँत टूट जाते हैं श्वास की सुगंध नहीं लगती और बिल्कुल इच्छाएँ लगभग ख़त्म हो जाती है और इसका उपाय है पिटकरी से दांत साफ करें नाक अवश्य छिदवाएं सब परिवार एक एक कोरियाँ लेकर जलाएं और तत्पश्चात तो उन्हें एकत करके दरिया में प्रवाहित करें अब हम बात करेंगे जालीमाना ऋण की यदि जातक के जन्मांक में दसवीं या घर में सूर्य चंद्र और मंगल हो तो वह शनि से पीड़ित होता है यही जालिमाना अथवा निर्दयता ऋण कहलाता है कारण है किसी का मकान धोखे से ले लेना उसके आवज में उसकी कीमत अदा न करना और हत्या करके उसकी संपत्ति छीन लेना पहचान जाते कि घर का कोई भी दरवाजा दक्षिण दिशा में होगा या वह घरनाथों से जमीन हड़प कर बनवाया गया होगा अथवा मकान कुआं मारक के ऊपर निर्मित होगा मालिक ने कई बार सोने का प्रयास किया लेकिन सो नहीं पाया अगर एक बार सो गया तो फिर जाग नहीं पाया ऐसे घरों में अचानक अशुभ घटनाएँ होती है अब इसके अनिष्ट फल यह है, मिलते हैं कि परिवार में विपत्तियों का सिलसिला नहीं टूटता अग्निकांड घर का गिरना भंग होना परिवार के सदस्यों की मृत्यु सिर किसमस्थ बालों का झड़ जाना चोरी होना आदि अनिष्ट स्थितियों का सामना करना पड़ता है इसका उपाय यह है कि सब परिवार पैसे इकट्ठे करके सौ मजदूर को उत्तम भोजन कराएँ और सौ जलाशयों में एक एक मछली पकड़कर एक ही जलाशय में डालकर उन्हें आटे की गोलियाँ खिलाएँ तवा चकला तथा बेलन धर्म स्थान में दें और तैंतालीस दिनों तक पचास ग्राम सुरमा नित्य जमीन में दबाए और अब बात करेंगे अजन्मा ऋण की जिस जातक जन्मां के जन्मांक के बारहवें घर में सूर्य चंद्र और मंगलस्त्रित्व व राहू से पीड़ित हो जाता है फलस्वरूप अजन्मा ऋण दोष लगता है कारण घनिष्ठ मित्रों से लाभ लेकर उन्हें धोखा फरेब देना उनके वंश का नाश कर देना पहचान है जातक के घर के दक्षिणी हिस्से की तरफ पीरान शमशान भूमि या अंतिम निवास होगा अथवा बड़ भूज या भट्टी होगी दरवाजे के बाहर गंदी सड़ी नाली बह रही होगी और रहेगा राहु के प्रभाव से जातक पर चोरी डाका हत्या बलात्कार जैसे आरोप लगते हैं महाभियोग चलते हैं निर्दोष होने के बावजूद राजदंड भुगतना पड़ता है काले जानवर मर जाते हैं नाखून कष्ट नष्ट होने लगती हैं और मानसिक एवं शारीरिक क्षमता निर्बल हो जाती है शत्रु उभरने लगते हैं पल में ही दुर्भाग्य के बादल मंडराने लगते हैं यह इसके अनिष्ट फल मिलते हैं हमारे और उपाय सब परिवार एक एक श्रीफल इकट्ठा कर दरिया में प्रवाहित करें और परिवार में मेलजोल के साथ रहें और शीखा अवश्य करें और ससुराल के लोगों से सम्मान प्राप्त करें अब बात करेंगे कुदरती ऋण की अगर जातक के जन्माक में छठे घर में चंद्र और मंगल हो तो वह केतु से पीड़ित होता है यदि कुदरती और देव देवी ऋण का दोष फैलाता है कारण जातक ने अपनी दुष्टता के कारण दूसरे के संतान का नाश कर दिया हो या फिर कुत्ते को मार दिया हो और लालच के कारण किसी का धन हड़प लिया हो तो वह नियत ठीक न हो और पहचान इसकी दूसरे की औलाद को खत्म कर दिए कुत्तों को गोली मार देना और रिश्तेदारों के साथ अपनी नियत न रखना और उनके वंशजों को समाप्त करने के नित्य नई चाले चलना और जातक के संतान का नाश होना यह इसका नीच पल्ला है वैसे तो जातक की संतान होती ही नहीं है अगर हो भी गई हो तो मर जाती है यदि जीवित रह गई हो तो अपाहिज और बहरी होती है उपाय किसी विधवा की मदद करें सब परिवार सौ कुत्तों को भोजन कराएँ और काले कुत्ते पाले कान छिदवाएँ इसके साथ हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार